गुड इवनिंग दोस्तों डेली करंट अफेयर्स क्विज़ में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम अट्ठारह नवंबर दो हज़ार सतारह के डेली क्विज़ के पांच जिनके आठ क्वेश्चन कवर करेंगे जो मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत और डैश के बीच में समझौते को मंजूरी दी है तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से साइप्रस एस्टोनिया लातविया स्वीडन और बेलासूर तो ऑप्शन नंबर लास्ट यानी कि बेलासूर एक सही आंसर है आइए कुछ और जानते हैं हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 नवंबर दो को वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी कृषि आदि क्षेत्रों में आपसी लाभ के लिए भारत और बेलासूर के बीच में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए मंजूरी दी है ये बैठक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक प्रौद्योगिक कृषि आदि क्षेत्रों में परस्पर लाभ के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकेडमी यानी कि आई एन ए एस आई एन एस ए और बेलासूर के नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस यानी कि एन एस बी के बीच में समझौते को मंजूरी दी है ये समझौता बेलासूर के राष्ट्रपति जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको की यात्रा के दौरान बारह सितंबर दो को नई दिल्ली में किया गया था हमारा तो सेकंड क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किफायती घरों के निर्माण के लिए वित्त पोषण के लिए 800 मिलियन डॉलर का निधि बनाने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है तो हमारे पास ऑप्शन है एच डी एक्सिस बैंक यूको बैंक और देना बैंक तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एच डी एफ एक सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड्डयन नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डैश के बीच में समझौते के ज्ञापन की मंजूरी दी है तो हमारे पास ऑप्शन है पोलैंड बुल्गारिया कोसोवो अल्वेनिया और क्रशिया तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पोलैंड एक सही आंसर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की स्मृति में दिए जाने वाला छत्रपति सम्मान इस वर्ष किस पत्रकार और लेखक को दिया जाएगा तो हमारे पास जो ऑप्शन है शोमा चौधरी उर्मलेश विक्रमचंद्र देवयानी चौबल प्रभु चावला तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि उर्मिलेश एक सही आंसर है दोस्तों जो रामचंद्र छत्रपति को दिए जाने पुरस्कार है वो उर्म, उर्मलेश को चयनित किया गया छत्रपति सम्मान पूर्व प्रसिद्ध पत्रकार रामचंद्र शत्रुपति की स्मृति में दिए जाने वाला है और मिलेश देश प्रसिद्ध में जाने वाले पत्रकार हैं और मिलेश पत्रकार के अलावा जाने वाले लेखक भी हैं और मलेश जी को यह सम्मान 19 नवंबर को हरियाणा के सिरसा में आयोजित एक समारोह के दौरान दिया जाएगा शत्रुपति सम्मान हरियाणा के शहीद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के सम्मान में एवं समृति में दिए जाने वाला है रामचंद्र छत्रपति ने अखबार पूरा सच व विवादपुरस्थ जो डेरा मालिक जो गुरु राम रहीम का पर्दाफाश किया था जिसके बाद उनकी हत्या कर दी थी तो उन्हीं की याद में यह या रामचंद्र छत्रपति का जो छत्रपति सम्मान है वो हर साल पत्रकारों पत्रकारों को दिया जाने वाला सम्मान है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है किसने भारत सरकार की स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारी करता रेटिंग को उन्नत करते हुए ब थ्री से बा टू किया है तो हमारे पास ऑप्शन है मूडीज के की निवेशक सेवा स्टैंडर्ड ऑफ प्योर्स फिच आरबीआई या फिर विश्व बैंक तो ऑप्शन वो फर्स्ट मूडी की निवेशक सेवा एक सही आंसर है दोस्तों आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा सिक्स क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अपने उपभोक्ताओं को पे के जरिए खरीदारी के लिए बीस हज़ार रुपये तक का तत्वित ऋण देने की घोषणा की है तो हमारे पास ऑप्शन एच डी एफ बैंक एक्सिस बैंक और यूको बैंक और देना बैंक तो ऑप्शन नंबर सेकंड आई बैंक एक सही आंसर है आइए पेटीएम के बारे में कुछ और जानते हैं पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है जिसका उद्घाटन दो में किया गया था वन कम्युनिकेशन इसका मालिक है जो शुरू में मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज पर आकर्षित किया करती थी कंपनी का मुख्यालय नोएडा में है ये धीरे धीरे बिजली के बिल गैस बिल आदि के साथ विभिन्न विभिन्न पोर्टों पर रिचार्जिंग और बिल भुगतान प्रदान करता था उसके बाद पेटीएम 2012 में भारत में ई कॉमर्स बाज़ार में प्रवेश किया फ़्लिपकार्ट अमेजन और स्नैप स्नैपडील के साथ कारोबार को बेहतर सुविधाएँ और उत्पादों को उपलब्ध कराने में 2015 में इसने बस यात्रा टिकट बुकिंग्स को भी अपने फीचर के साथ ऐड कर लिया जो इसके संस्थापक हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है किस राज्य ने डेटा विज्ञान और कृत्रिम कृत्रिम बुद्धि में उत्कृष्टता केंद्र के लिए नास्काम में नासकाम से भागीदारी की है तुम्हारे पास ऑप्शन है कर्नाटका महाराष्ट्र तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्नाटका एक सही आंसर है आइए दोस्तों कुछ और जानते हैं नासकाम की जो पहली महिला अध्यक्ष होंगी वो देवजानी घोष होंगी नासकम भारत में भारत के सूचना प्रौद्योगिक और बीपीओ का एक व्यापारिक संघ है इसकी जो स्थापना है वो उन्नीस में हुई थी ये एक गैर लाभकारी संस्था यानी कि एक एनजीओ है इसके सदस्यों की संख्या करीब 1500 से अधिक है इसमें 250 से अधिक सदस्य यू एस यू यूरोपियन संघ जापान और चीन आदि कंपनियों के हैं आइए दोस्तों एट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है संयुक्त तो राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि सी ओ किस शहर में आयोजित किया गया था हमारे पास ऑप्शन है फ्रैंक फर्ट हैमबर्ग म्यूनिक जर्मनी और वान तो ऑप्शन नंबर लास्ट इनकी वान एक सही आंसर है वैसे दोस्तों इसमें ये देखने वाली भी, भी बात है कि जर्मनी क्योंकि वान जो है वो जर्मनी में ही है तो ऑप्शन में जर्मनी भी है इसलिए बान एक सही आंसर है क्योंकि अगर आप जर्मनी को टिक करोगे तो बान को छोड़ दोगे तो एक्चुअल जो है वो वान में हुआ था ये सम्मेलन अगर जर्मनी ऑप्शन में है फिर भी आप वान को ही आ, अपना आंसर अं दोगे छः और सतारह नवम्बर दो हजार में मध्य संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जर्मनी के वान में आयोजित किया गया है दोस्तों ये थे हमारे आज के एट क्वेश्चन थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन अपडेट करता रहता हूं आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद